और देख, देख रहे हो तुम ये देख रहे हो क्या क्या माहौल बन रहा है इधर पे क्या क्या माहौल बन रहा है देख रहे हो तुम ओए तू तु क्या कर रहा है इधर आ बेटर व्यू ओए पैसे उड़ाऊंगा पैसे उड़ने दे ओए ओह ओ मारने दे ओह ओह दे। बेटर देन ये ले डॉलर और ले और ले आ, और ले बस अब नहीं अब नहीं उड़ाऊंगा मैं अब यार माइनस में चला गया मेरा अकाउंट अबे यार डेबिट कार्ड करूं back, या या अरे अरे भैया मुझको चाहिए right. क्या हुआ भैया कुछ नहीं यार प्राइवेट रूम चाहिए मुझको यार यार प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट रूम रूम दे तू या या या yeah, okay. oh, yeah. so okay? रूम में जाने के लिए okay, फॉलो करेंगे जूलेट हम लोग जूलेट के साथ oh. प्राइवेट रूम में जा रहे हैं तो YouTube आप क्या करेगा मेरी वीडियो को sorry, babe. अबे sorry यार ये क्या हो गया यार ये स्किप नहीं हो रहा यार स्किप जाने ही खोल गया यार ये तो यारी टी एफ आई मैं तो खोलना मोल रहा यार इतना सैन एंट्री उसमें नहीं है खोल दिया उसने पूरा पता नहीं यूट्यूब अब क्या करेगा जूलेट जूलेट जूलेट अरे यार यार कैसी वीडियो बन गई होगी ये बस कौन सुन बताओ नो नो नो दो बस आज की you वीडियो को यहीं खत्म करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग बहुत हो चुकी है अब थोड़ा मैं प्राइवेटली गेम खेल